हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई बी ऑफिसर यानी कि पीओ के लिए रिक्वायरमेंट अप्लीकेशन मांगा है 2021 हज़ार इक्कीस ऑनलाइन फॉर्म यानी कि आप एसबीआई पीओ अगर जब बनना चाहते हैं ये छुक हैं और आपकी तैयारी अच्छी है तो आप एसबीआई पीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं दो के लिए जो कि अभी अभी आपका फॉर्म निकला हुआ है कुछ दिन हो गया क्योंकि ये चार अक्टूबर दो को ही फॉर्म इसका निकला हुआ है पोस्ट लास्ट डेट दोस्तों इसका 25 तक दो का इक्कीस तक है यानी कि 25 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं अभी भी डेट बाकी है अभी भी दिन बाकी हैं आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों इसके जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए सात रुपया फी रखा गया है एस के लिए दो का जो अप्लाई हो रहा है उसके लिए और एससी सी एस कैंडिडेट के लिए जीरो यानी कि कोई पैसा नहीं लग रहा है यानी कि उन्हें आरक्षण मिला है दोस्तों एग्जामिनेसन फी थ्रू ऑनलाइन फी मोड डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग एंड फ़ोनपे वगैरह से आप अप्लाई पेमेंट कर सकते हैं फी को और अप्लाई भी खुद कर सकते हैं दोस्तों इसमें मिनिमम ऐज जो है इसका इक्कीस ईयर्स है और मैक्सिमम एज जो है 30 ईयर्स है और इसका जो एज में जो छूट आपको चाहिए वो एस बी आई प्रोफेशनरी ऑफिसर पी के लिए दो का जो रूल है ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप अपना ऑफिसियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा उसमें आपको कुछ आरक्षण मिल जाएंगे उम्र सीमा में दोस्तों इसमें वैकेंसी दो हज़ार छप्पन वैकेंसी है यानी कि 2056 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है और रेगुलर इसमें दोस्तों जनरल के लिए 2000 टोटल है और बैकलॉग यानी कि एनी कैंडिडेट जो बैकलॉग में आते हैं उन्हें 56 सीट मिला है और इसके दोस्तों एलिजिबिलिटी है तो आप लोग जानते हैं पास्ट अपियरिंग बैचलर डिग्री इन एन एनी एन स्ट्रीम ऑफ देखो रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया यानी कि बैचलर्स डिग्री चाहिए ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए एनी स्ट्रीम यानी कोई भी सब्जेक्ट में और कोई भी यूनिवर्सिटी से इंडिया के यूनिवर्सिटी से ये आपका क्वालिफिकेशन रहेगा और उम्र सीमा आपको बता ही दिया उम्र सीमा आपको इक्कीस वर्ष मिनिमम है और मैक्सिमम तीस वर्ष है इसमें आप छूट लेना चाहते हैं तो उसमें छूट भी मिल जाएगा आपको देख लीजिएगा उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोस्तों इसमें पोस्ट भी आपको मैंने बता दिया दो हज़ार छप्पन पोस्ट हैं इसमें और आप अप्लाई जल्द से जल्द कर सकते हैं इसका लास्ट डेट अप्लाई करने का आपको दोस्तों यहाँ पे दिया है पच्चीस दस दो हज़ार इक्कीस तक यानी कि पच्चीस दस दो हज़ार इक्कीस तक आप अप्लाई कर सकते हैं आपका फी पेमेंट करना है सात जनरल हैं या फिर वो या फिर ई से बिलोंग करते हैं तो, तो आप जल्द से जल्द अप्लाई कर दें क्योंकि इसके लिए डेट अब कम ही बचा है दोस्तों कैसा लगाया नोटिफिकेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस कर दें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक, तक के लिए